नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अफेयर आप क्लाउड में तो दोस्तों यूक्रेन पर रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अब अपने परमाणु हथियारों के पिटारे को खोल दिया है और अमेरिका ने यूक्रेन को बचाने के लिए परमाणु युद्ध अभ्यास को भी शुरू कर दिया है और जो अभ्यास अमेरिका ने स्टार्ट किया है उसका नाम है ग्लोबल लाइटनिंग युद्धाभ्यास और आप लोग इस युद्धाभ्यास को हल्के में मत लीजिएगा क्यूँकी यह युद्धाभ्यास बाकी युद्धाभ्यासों से बहुत ही अलग होने वाला है और अमेरिका और रूस के बीच युद्ध अगर होता है तो ये मत समझ लेना कि यह युद्ध तो अमेरिका और रूस के बीच होगा इससे हमसे क्या मतलब है तो आपको बता दूं अगर यह युद्ध छिड़ता है तो लगभग दुनिया के ज्यादातर देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखिरी तक तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दरअसल दोस्तों रूस के साथ जंग के खतरे के बीच अमेरिकी सैनिक यूक्रेन पहुँच चुके हैं और ये अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की सेना को राकेट लॉन्चर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और दो अमेरिकी सैनिक ऐसे समय पर यूक्रेन पहुँचे हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये चेतावनी दी है कि रूस फरवरी के महीने में यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है और उधर रूस ने यूक्रेन की सीमा पर एक लाख पचास सैनिकों समेत हजारों की संख्या में मिसाइलों और टैंकों को लेकर तैनात है और खबर ये भी है कि रूस अब बेलारूस के साथ एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम देगा और अब ऐसे में बड़ी खबर खुद अमेरिका के ट्विटर हैंडल ऐसी निकल कर आ रही है की अमेरिका ने ग्लोबल लाइटनिंग युद्धाभ्यास को भी शुरू कर दिया है वहीं रूस और यूक्रेन में जंग के मंडराते बादलों के बीच अमेरिका ने परमाणु बम गिराने का अभ्यास शुरू किया है और अमेरिका के परमाणु हथियारों का जिम्मा संभालने वाली स्ट्रेटजिक कमांड ने ग्लोबल लाइटनिंग अभ्यास शुरू कर दिया है और इस अभ्यास का मकसद अमेरिकी सेना की परमाणु युद्ध की तैयारियों को परखना है और अमेरिका ने यह अभ्यास ऐसे समय आरोप स्टार्ट किया है जब ब्लैक सी में रूसी नौसेना के युद्ध जोरदार युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं वही यूक्रेन की सीमा पर रूस ने एक लाख पचास हजार सैनिकों को तैनात कर रखा है वहीं परमाणु बम गिराने के अभ्यास की अमेरिका ने लंबे समय से योजना बनाई थी लेकिन अब रूस यूक्रेन तनाव के बीच इसके शुरू करने पर विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन आरोप हमला कर सकता है और जो बाइडन ने अपने हजारों सैनिकों को भी पूर्वी यूरोप में तैनात करने का ऐलान किया है और इससे पहले अप्रैल दो में अमेरिका ने अंतिम बार ग्लोबल लाइटनिंग ड्रिल का आयोजन किया था और अमेरिका के इस ग्लोबल लाइटनिंग युद्ध अभ्यास का सीधा सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका पर परमाणु हमला होता है तो कुछ न कुछ सैनिक इस हमले में जरूर बच जाएंगे और जो सैनिक बच जाएंगे वे दुश्मन देश पर तब तक परमाणु हमला करेंगे जब तक कि दुश्मन देश का आखिरी इंसान खत्म नहीं हो जाता और इसी नई सोच का परीक्षण इस साल के अभ्यास में अमेरिका करने जा रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने दो पुराने दुश्मनों अमेरिका का और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है और शांति और समाधान के प्रयास जैसी औपचारिकताएं अब खत्म हो चुकी हैं और दोनों खेमे खुले तौर पर जंग की तैयारी कर रहे हैं अब आप लोगों का क्या कहना है रूस और यूक्रेन के तनाव पर कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना न भूले ताकि ऐसी ही वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे धन्यवाद